नमस्ते डीके हेल्पिंग एवरीवन वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है जिसमें ऑफिशियल जो सूचना है वो जारी कर दी गई है और अब किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा कैसे एग्ज़ाम आप देंगे कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं स्पष्ट है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपकी नियुक्ति होगी तो चलिए हम बेल्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पता करते हैं और सबसे पहला आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं गूगल के सर्च बार पे जाएंगे और क्लिक करेंगे और लिखेंगे बेल्ट्रॉन पहला लिंक आएगा उसको क्लिक करके यहाँ पे चलेंगे देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये बिहार सरकार की अंडर टेकिंग में रहता है यानी बिहार सरकार का उपकर्म है देख सकते हैं नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीवेश कुमार है होमवल आई टी मिनिस्टर संतोष कुमार मॉल आई एस है देख सकते हैं नोटिस एंड सर्कुलर में आया है इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर अनडिम्प्लॉयड एलिजिबल डी यानी जो योग्य डी ओ उनके लिए सूचना भेजी गई है जो पात्रता रखते हैं जो बेल्टॉन की पात्रता परीक्षा में बैठे हुए देख सकते हैं बिहार इलेक्ट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्टॉन भवन प्रथम मंजिल शास्त्री नगर पटना 23 बिहार सरकार का उपक्रम यानी यह सरकारी उपक्रम है बिहार सरकार क्या देख सकते हैं पत्रांक संख्या एमपी 364 तीन बटा इक्कीस दिनांक अट्ठाईस छः दो यानी अट्ठाईस छः दो को जारी किया गया है विशेष सूचना राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विभिन्न कार्यालयों अंचल जिला एवं मुख्यालय में बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटरों की प्रतिनियुक्ति की जानी है उसके संबंध में सूचना है ये सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए जो बेल्ट्रॉन की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका यानी बेल्ट्रॉन जो एग्जाम कराया था उसकी पात्रता परीक्षा में जो उत्तीर्ण कर गया उनके लिए सूचना है वो के की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं नहीं के जो हुआ है उसमें पूर्ण कर चुके हैं अपनी प्रक्रिया एवं उनके के का सत्यापन बेल्ट्रॉन द्वारा किया जा चुका है के किया सी किए हैं बेल्ट्रॉन द्वारा सत्यापित किया जाता तथा प्रतिनियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत् यानी वे ज्वाइनिंग के लिए वेटिंग में हैं सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार इस विभाग में पाँच डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति निम्न शर्तों के साथ की जानी यानी निम्न शर्त के साथ पाँच डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली की जाने किसी भी अभ्यर्थी को उनके गृह ज़िला में ज्वाइनिंग नहीं किया जाएगा प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी प्रतिनियुक्ति के पश्चात उनका स्थानांतरण किसी भी अन्य जिले के किसी भी अंचल में किया जा सकता है यानी जब ज्वाइनिंग होगा तो किसी भी दूसरे जिले में उन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है या अंचल में भेजा जा सकता है बेल्ट्रॉन के थर्ड पार्टी सर्वश्री उर्मिला इन्फो सोल्यूशन द्वारा प्रतिनियुक्त के पश्चात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा बेल्ट्रॉन के थर्ड पार्टी जो है सर्वश्री उर्मिला इंफो सॉल्यूशन द्वारा प्रथम प्रतिनियुक्ति के पश्चात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा तत्पश्चात तो उनकी परीक्षा ली जाएगी हम परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वहीं अंतिम प्रतिनियुक्ति की जाएगा नहीं पहले आपको प्रशिक्षण दिया जाए प्रतिनियुक्ति के पश्चात प्रशिक्षण के बाद आपका एग्जाम उसके बाद आपकी अंतिम प्रतिनियुक्ति प्रदान की जाएगी यानी ज्वाइन आप कर सकते हैं करेंगे अतः जो अभ्यर्थी उपरोक्त शर्तों के अधीन राजस्व भूमि सुधार विभाग अंतर्गत किसी भी जिला के किसी भी अंचल में संविदा पर प्रतिनियुक्ति हेतु है इच्छुक हैं यह स्पष्ट किया गया है कि आपकी जो नियुक्ति है संविदा पर की जाएगी वे अपना घोषणा पत्र नीचे दी गई विवरणी के अनुसार भरकर निगम के ईमेल आई डी पर दिनांक सात सात 2021 हज़ार इक्कीस तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे यानी आपका जो फॉर्म है सात अगस्त तक भरे जाएंगे अधिक अभ्यर्थिकण बेल्ट्रॉन में तो अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से ही घोषणा पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे यानी जो बेल्ट्रॉन में ईमेल आईडी पंजीकृत है उसी ईमेल आईडी से बेल्ट्रॉन की यहाँ देख सकते हैं जो दिया गया ई मेल इस पे भेजेंगे। पर भेजेंगे घोषणा पत्र भेजना सुनिश्चित कर देंगे प्रतिनियुक्ति वरीयता तथा तो सौ पॉइंट रोस्टर के अनुसार ही की जाएगी महाप्रबंधक यहाँ देख सकते हैं घोषणा पत्र में क्या लिखेंगे मैं सुश्री श्रीमती श्री यहाँ पे अपना नाम एम्प्लॉयी आईडी और पंजीयन संख्या मोबाइल नंबर यानी जो एम्प्लॉय आईडी पे पंजीयन संख्या होगा मोबाइल नंबर अपना यह घोषणा करता हूँ करती हूँ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत किसी भी जिला के अंचल में कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ इत संबंध में बेल्ट्रॉन के पत्रांक इतना दिनांक 28 से मैं वो शर्तों मुझे मान्य यानी 7 जुलाई तक आपको भेजना होगा बेल्ट्रॉन के ईमेल आईडी पे अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर एम्प्लॉई आईडी मोबाइल नंबर और यहाँ पे ये कटा हुआ ये दिखाई नहीं दे रहा है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कही जाएगी जो विद्यार्थी अभ्यर्थीगण बेल्ट्रोन की पात्रता परीक्षा में बैठे हुए हैं और इसमें प्रतिनियुक्ति होना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है तो इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको लाभ पहुंचे धन्यवाद